Mom, I'm गुड डांसर आई डों नीड एन यू डांस टीचो अरे बेटा टीचर नहीं है वो ममता आंटी का लड़का है लंडन से डांस सीख कर आया है और देख वैसे भी अगले महीने तेरी डांस इंडिया के ऑडिशन है बेटा कुछ अच्छा से सीख लेना उससे मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की है कि तेरी मदद करे तो अब तू मना बिल्कुल मत कर अम आपसे रिक्वेस्ट करूँ मुझे डांस आता है आई डोंडम नहीं लंडन आ गया मोम हेलो आंटी हेलो बेटा कैसे हो मैं ठीक हूँ आप बताइए फित गया तू रह गया कहने लगा पागल दिल के ये तू ही है मेरा पिया। सोचा ना कुछ भी उस पल में है ये तय कर लिया जब तक